दोस्तों मैं आज बात करेंगे अपने वायुमंडल के बारे में दोस्तों अपने वायुमंडल को पांच स्तर में बांटा गया है पहला है शुभ मंडल दूसरा है प्रस्ताप मंडल तीसरा है मध्यमंडल चौथा है आयन मंडल तथा पांचवा है बाह्य मंडल दोस्तों शुभ मंडल के बारे में पांच अमेजिंग फाइट बताने जा रहा हूँ दोस्तों यह मंडल वायुमंडल के सबसे निश्चित मंडल है जिसकी ऊँचाई लगभग अठारह किलोमीटर है इसकी ऊँचाई ध्रुव पर आठ किलोमीटर तथा मिश्वर रेखा पर 18 किलोमीटर है दोस्तों इसमें तापमान की गिरावट एक मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है ऐसे समझिए कि एक किलोमीटर धरती से एक किलोमीटर ऊपर जाने पर छः डिग्री सेल्सियस की कमी होती है इस मंडल को सोनवाहक मंडल भी कहते हैं दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएँ कि इस मंडल को सोनवाहक मंडल क्यों कहते हैं धन्यवाद